नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल दोस्तों आज हम आपको अहमदाबाद के साबरमती आश्रम लेकर चलेंगे जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अनेक वर्षों तक रहे साबरमती आश्रम आज भी महात्मा गांधी की अनेक वस्तुओं को संजोए हुए हैं जो अहमदाबाद आने वाले प्रेरकों के लिए यह साबरमती आश्रम एक प्रेरणा का स्रोत बनता है वही साबरमती आश्रम में आज भी महात्मा गांधी की उस कुटिया को ज्यों का त्यों रखा गया है जिस कुटिया में महात्मा गांधी अनेक वर्षों तक निवास करते रहे जहां पर उनकी त्याग और तपस्या के कई प्रमुख केंद्र रहा है साबरमती आश्रम में आज भी महात्मा गांधी की उस कुटिया को भी ऐसे ही रखा गया है जहां वे राजनीतिक नीतियां, देश को संचालन और आज़ादी की कड़ियां रचते थे पलपल के प्रबंधक संपादक मोहक भाटिया इन दिनों अहमदाबाद की यात्रा पर हैं जिन्होंने हमारे दर्शकों के लिए ये खास रिपोर्ट भेजी है आइए देखते हैं इसकी कुछ खास कड़ियाँ दोस्तों पल, -पल के प्रबंधक संपादक मोहक भाटिया इस समय अहमदाबाद की यात्रा पर हैं जिन्होंने पल, पल के दर्शकों के लिए ये खास वीडियो भेजा है आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियाँ गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद भारत आए और उन्होंने प्रथम आश्रम की स्थापना की यह स्थापना उन्होंने अहमदाबाद के कोचरब में जीवनलाल के बंगले में की इस स्थान का नाम उन्होंने पहली बार सत्याग्रह आश्रम रखा उन्होंने 25 मई 1915 में इसकी स्थापना की किंतु गांधीजी अपने आश्रम में खेतीबाड़ी, पशुपालन जैसा कार्य करना चाहते थे जो इस आश्रम में बिल्कुल मुमकिन नहीं था अत में उन्होंने इसके उपरांत उन्होंने दो वर्ष के बाद इस आश्रम को 17 जून 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया इस स्थान पर आश्रम स्थापित करने की वजह से इसे साबरमती आश्रम कहा जाने लगा यहाँ पर गांधी जी ने पाठशाला जैसा एक स्थान भी बनाया इस पाठशाला का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहने वाले लोगों को मानव श्रम खेती और शिक्षा का महत्व समझाना था साथ ही आश्रम में आने वाले अनुयायों को प्रशिक्षित करना भी था इसके बाद 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने यह शपथ ली कि जब तक भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता वे आश्रम में अपना कदम नहीं रखेंगे हालांकि काफ़ी संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो प्राप्त हो गई किंतु इसी के बाद 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और गांधी आश्रम नहीं लौट सके मोहक भाटिया के अनुसार इस समय आश्रम में प्रतिवर्ष लगभग सात लाख भ्रमणकारी घूमने के लिए आते हैं आश्रम प्रतिदिन सुबह आठ बजे से लेकर के शाम को सात बजे तक खुला रहता है वहीं स्थान पर आने वाले लोगों को आश्रम में संबंधित सभी स्मृतियाँ जैसे लेखन पेंटिंग वॉइस रिकॉर्डिंग आदि प्रचारित करवाया जाता है ताकि लोग इससे परिचित हो सकें इस म्यूजियम में महात्मा गांधी के हाथ का चरखा और उनके द्वारा प्रयोग किए गए लेखन के लिए टेबल को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है इस स्थान पर महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित सभी विषय वस्तुएं यहां रखी गई हैं स्थान पर आने वाले लोगों और युवाओं को महात्मा गांधी के जीवन के महान विचारों से अवगत कराया जाता है तत्कालीन समय में ये आश्रम महात्मा गांधी की समृतियों के कारण म्यूजिक में म्यूजियम में बदल गया है आजकल इस आश्रम को गांधी स्मारक संग्रहालय भी कहा जाता है यह स्थान आश्रम का वह हिस्सा है जहां पर गांधी जी स्वयं रहा करते थे इसे हृदय कुंज कहा जाता है इस म्यूजियम की डिजाइन चार्ल्स कोरा ने की थी इस आश्रम में कई अन्य स्थान भी हैं जो भ्रमण स्थल के रूप में हैं जहां पर इनका वर्णन किया जाता है एक यहाँ पर है नंदिनी विनोबा कुटीर उपासना मंदिर और मगर निवास सबसे पहले हम आपको बता दें नंदिनी के बारे में कि नंदिनी आश्रम का वह स्थान है जहां पर भारत तथा अन्य देशों के आश्रम में आने वाले लोग रहा करते थे यह स्थान हृदय कुंज की बाई तरफ स्थित है अब बारी है विनोबा कुटीर की इस स्थान पर नाम आचार्य विनोबा भावे के नाम पर रखा गया है जहाँ पर महात्मा गांधी के अनुयायी विनोबा भावे निवास करते थे स्थान पर महात्मा गांधी के अन्य शिष्य मीराबेन भी रहा करती थीं और इसी वजह से स्थान का नाम मित्र कुटीर भी कहा जाता है अब आता है उपासना उपासना मंदिर उपाशना मंदिर में एक प्रार्थना स्थल है यह स्थान पूरी तरह से खुला हुआ है इस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपने अनुयायों के प्रश्नों के उत्तर दिए थे जो कि मगन निवास और हृदय कुंज के मध्य स्थित है अब है मगन निवास स्थान पर और इसी आश्रम के मैनेजर रहा करते थे यह एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी मगनलाल महात्मा गांधी के प्रिय लोगों में से एक थे यह स्थान गांधी आश्रम के प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से संचालित होता है जहां पर 90 मिनट का एक गाइडयुक्त भ्रमण आरंभ होता है जिसके अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं और कई स्थान हैं जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं एक है सोमनाथ छात्रालय जो आश्रम के अंदर ही स्थित है उद्योग मंदिर भी यहाँ पर है इस स्थान पर श्रमिकों के मान को उदाटित किया जाता है पेंटिंग गैलरी भी यहाँ पर है इस स्थान पर आठ बड़ी और अनोखी पेंटिंग दिखाई जाती हैं। माई लाइफ इज माई मैसेज यह घटना महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख और मुख्य पड़ाव था यहाँ पर सभी घटनाओं का चित्रण आल्या पेंटिंग यानी ऑयल पेंटिंग फोटोग्राफ की सहायता से किया जाता है इसके बाद आपको बताने कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी है और इस स्थान पर महात्मा गांधी की 34,000 पांडुलिपि और 6,000 हज़ार फोटो नेगेटिव और इसके अलावा 200 फोटोस्टेट फाइल आदि रखे हुए हैं इसके अलावा यहाँ पर किताबों की संख्या पैंतीस है यह लाइब्रेरी दिन के 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली रहती है दोस्तों इस तरह से इस स्थान का एक ऐतिहासिक महत्व है इस स्थान पर भ्रमण करने वाले महात्मा गांधी के विचारों को समझने में काफ़ी आसानी होती है और उनके जीवन में सत्य अहिंसा का महत्व पता चलता है भारत के इतिहास को समझने के लिए इस स्थान का भ्रमण आवश्यक है जो कि अपने आप में एक भारतीय संस्कृति को समाहित किए हुए हैं इसीलिए महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता था इसी के साथ आप देख रहे हैं अहमदाबाद से मोहक भाटिया की विशेष रिपोर्ट